हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईटेल का फ़ोन ये देखिए एट डबल फोर प्रो इसका हमें एफ आर पी लगा हुआ है कैसे रिमूव करते हैं आज हम आपको बताएंगे आज हम आपको बताएंगे मिरिकल टूल से ये हमारे पास मिरिकल टूल है ये देखिए ये देखिए ये मरिकल टूल है अपने पास हमें सबसे पहले करना क्या है अपने मोबाइल को ऑफ कर देने सब दोस्तों इसका जो ए चवालिस प्रो है इसका जो सी पी है वो एम का है एम का सी पी है तो सबसे पहले करना क्या है आपको मरिकल में जाके आपने को आम सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद में उसके बाद में सर्विस आएगा उसके बाद में अनलॉकिंग फिक्स आएगा उसके बाद में इधर ये नीचे देखिए क्लियर सेटिंग आफ आर पे इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद में हमें इसका सी व्यू यूज करना है ये वाला ये देखिए उसके बाद में यूनिवर्सल का यूनिवल यूनिवर्सल का यूनिवर्सल निर्णय देना है इसके बाद में आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है ये देखिए yeah. yeah. तो। ये जो आते हैं ना पेंशन ब्लॉ बैकअप इसको आप नो भी कर सकते हो या भी कर सकते हो नो करोगे तो नो करके चलता हूं मैं इधर आपको ये देखिए अब हम करने के हमें अपने मोबाइल को पावर ऑफ करके ओनली केबल कनेक्ट कर देना है कर दे रहा हूँ इधर ये देखिए कर दिया है मैं। ये देखिए दो सेकंड में इनका अनलॉक हो जाता है ये देखिए हमारा फोन रहते हैं हम ये देखिए अब हमें डाटा केबल को निकाल लेना है इसके बाद में ऑन करके देखना है देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ ये देखिए थोड़ा टाइम लगेगा ऑन होने में इसको बड़ा ही आसान है मरिकल टूल से आप क्रेक वर्जन से भी कर सकते हो उसको मरिकल का जो क्रेक वर्जन है उससे भी कर सकते हो आप वो लिंक मैं देख लेता हूँ वैसे आप गूगल पे, पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो उसको ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें आप एम टी सी सी डी कोलकम वी ओपो एम सभी के एफ आर पी कर सकते हो मेरी कल से ऑल इन वन ये देखिए थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा टाइम थो दो या तीन मिनट ले लेते हैं ये क्योंकि तो जितना भी, भी डाटा क्लियर हुआ है उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है इसमें आयटेल का मॉडल नंबर है ये आ, एप चौमालीस पर टाइम लगेगा दोस्तों मेरिकल बॉक्स से आप सैमसंग कभी कर सकते हो सैमसंग माइक्रोमैक्स लावा वे ओपो एम हमारे के भी लेटेस्ट वर्जन आए हुए हैं अभी लेटेस्ट फ़ोन आए हुए हैं उनका भी आप आसानी से फॉर्म फिल हो क्या हम आई अकाउंट अनलॉक कर सकते हो ये देखिए तब तक होता है तब तक मैं आपको मेरी कल में दिखा देता हूँ ये देखिए हमारे के हमारे के सभी मॉडल आए हुए हैं देखिए मेरे अभी लेटेस्ट वर्जन आया है तो सभी दिखा देता हूँ आपको तो देख फाई बस आया हुआ है फिर रोमी तो प्रो उसके बाद में आपको सैमसंग में भी दिखने को मिल जाएगा एफ आर पी देखिए सैमसंग पे क्लिक किया आपने फिर देखिए सैमसंग का एफ आर पी तो उसके अलावा भी आपको अगर ओनली एफ आर पी करना है आपने को तो ये ये आप ख़रीद सकते हो इक्कीस सौ एक्टिवेशन है ये एफ मेडिकल पी, पी टूल ये देखिए इसमें सभी मॉडल मिल जाएंगे आपको तो मैं दिखा देता हूँ आपको ये देखिए सभी मॉडल मिल जाएंगे आपको ये देखो का मिल जाएगा इसका एडवांस ये देखिए ये सभी मॉडल आपको एफ के लिए मिल जाएंगे जियो है एच है वाई है ये देख इन्फिनीटी है इंडेक्स है फार है ये सभी मॉडल सभी तो मिल जाएंगे आपको नोकिया भी मिल जाएगा इसमें सैमसंग पर मिल जाएगा पैनासोनिक ये देखिए आफ आर पी आल सोलूशन है ये आफ आर पी का कोई भी कर सकते हो आप इसमें इसमें बूट है ए ए मोड पे कर सकते हो फास्ट बूट पे कर सकते हो और फ्लैश पे और जो जितने भी आपके एम के फ़ोन हैं लगभग वो आपको ई मोड में मिलेगा वो आपको देख लेना है कैसे चलेगा ये देखिए अब हमारा मोबाइल में सेटअप आ चुका है मेरे को लगता है ये देखिए ये देखिए अब हमें गेट स्टार्टेड करना है देखिए उसके बाद में स्कीप बाद में कर देना है ये देखिए कीप यूअर ऐप एंड डाटा उसके बाद में हमें गूगल कर देना है ये देखिए इधर डोंट यूज़ नेटवर्क फॉर सेटअप इसको ओके okay कर देना है अपने को कंटिन्यू पे चलना है देखिए नीचे करके हमें फिर से अगेन नेक्स्ट कर देना है इसमें जस्ट ए सी ये देखिए टाइम आ गया मतलब अपना आधा काम से भी ज़्यादा पूरा काम हो चुका है अभी इधर हमें ये बोल रहा है आपको एड फिंगरप्रिंट तो हमें अभी एड नहीं करना है कस्टमर का फ़ोन है तो उसके बाद मैं आपको सेट एप लेटर कर देना है तो उसके बाद में फिर से नेक्स्ट है इधर हमें इंडिया चूज कर लेना है यह हो गया इंडिया चूज कर के ओके करना ये देखिए सर देखिए फ्रेंड फिर बॉक्स से, से बड़ा ही आसानी से आपका आज हो गया है थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब